हेलो ऑल अ वेरी बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड फॉर सो लॉन्ग आप लोगों को जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा दो साल बाद एक वीडियो आने जा रही है बीच में कुछ छोटे मोटे शॉर्ट्स भी आ गए थे काफ़ी सारा कूड़ा आप लोगों ने देखा होगा कि बंदे एक्टिंग भी कर ली गाने भी गा लिए सब कर लिया मोबाइल टी सब तो अभी अब आज फिर से एक नई शुरुआत करी है और प्रॉमिस करता हूँ लगातार कनेक्टेड रहूँगा आप लोगों से और साथ में अब इसमें और कूड़ा आने वाला है जितनी भी नॉलेज है इन्फॉर्मेशन है सोल्यूशन है किसी भी चीज़ के बारे में जो जो मुझे मिलता रहेगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड तो करता रहूँगा बस आप लोगों का प्यार ऐसी बना रहे और आगे बढ़ाते रहिए तो अब आज की जो वीडियो का आपने सब्जेक्ट है ऑलरेडी देख लिया है जो कि है वन प्लस नाइन आर तो वन प्लस नाइन आर के बारे में बात करने जा रहा हूँ और लोग कहते हैं अन्न भला तो सब भला लेकिन हम शुरुआत अच्छी करने वाले हैं और इस फोन का अन्न बुरा करने वाले हैं और जैसे कि ये रहा है वन ये आगे उठता हुआ लेकिन आपको अभी भी ये खाली इसलिए देख रहा है द रीज़न बींग कि अब से चार घंटे पहले मैं इस फोन को बेच के आ चुका हूँ यस yes, मैं इस फोन को बेच के आ चुका हूँ फोन की ब्रैंडिंग वन प्लस और नाम बहुत बड़ा और काम बहुत छोटे हो गए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अपने सारे सोल्यूशन सा, मिल जाएंगे हो सकता है प्रॉब्लम्स कितनी भी हो बट हम ये कहेंगे फाइव प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन टू योर वन प्लस नाइना स्ट्रेट प्लस नाइना का जो वर्जन मैंने परचेज़ किया था वेबोस ट्वेल्व जी बी एम फिफ्टी स्टोरेज और अनबॉक्सिंग करने के लिए ऐसा कुछ खास है नहीं एक यूएसबी मिलती है एक चार्जिंग का डब्बा मिलता है और एक फ़ोन मिलता है और साथ में एक कवर मिलता है और कुछ ऐसे फ़ालतू की रद्दियाँ मिलती हैं जो हमने से कोई भी नहीं पड़ता है और हाँ एक खास बात आपको इसमें वन प्लस जरूर मिलते हैं जो आप अपने लैपटॉप पर मोबाइल पर अपने माथे पर अपने गाँव में लाकर चल सकते हैं जस्ट टू शो कि आपने वन का फ़ोन लिया हुआ है बट एट दी एंड मैं आपको बता दूँ कि सेल आने वाली है अमेजन पे द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जहाँ पर आप लोगों का चूतिया बनाया जाएगा कि फ़ोन डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रहा है एंड यू शुड डेफिनेटली गो एंड परचेज है सो so, इससे पहले कि वो सेल शुरू होती और प्राइस ड्रॉप डाउन होते मैंने अपना पन प्लस लाइन आर को बिच किया तो बहुत सारी हैं सोलूशन बस एक ही है इस चीज़ का और मैं आपको बताऊंगा सोलूशन क्या है जितने भी आपका प्रॉब्लम्स हैं इस फोन को लेके आ रही हैं आप खरीदना चाह रहे हो माइंड में डाउट्स हैं सब डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूं तो so, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया अनबॉक्सिंग के बारे में अगर आपको स्पेसफ़िकली वीडियो देखनी है कैसी पैकिंग आती है क्या है क्या नहीं है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जरा देख लाख बता दीजिएगा मेरे पास वीडियो है अनबॉक्सिंग की मैं ऑन रिट्वेश्चन उसको अपलोड कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं है अपलोड करने का उस वीडियो को बट अगर आप चाहें तो मैं कर सकता हूँ कंटिन्यू करते हैं सबसे अच्छी चीज़ें बताता बताऊँ आपको फ़ोन के बारे में क्या है फ़ोन में डिस्प्ले क्वालिटी सुपर ऑसम फ़ोन का चार्जर बेहतरीन है मतलब इतनी तेज़ चार्ज कर देगा कि आपके 10 सांसों के अंदर फुल चार्ज टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जैसे रैप चार्ज और रैप चार्ज का मतलब यह है कि थर्टी मिनट्स के अंदर से लेकर फोर्टी मिनट्स तक आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है और डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी हो गई बम बैक कवर आपको मिल जाता है और इसके बाद प्रोडक्ट का वेट मैं नहीं नापने वाला हूँ बाकी वीडियोस की तरह और मगर हाँ वेट जो मोबाइल के इन बॉक्स में लिखा हुआ है हैलीम कोई चीज़ नहीं है एक अच्छी चीज़ है कि आपको इसमें एन का सपोर्ट मिलता है और एन के सपोर्ट की वजह से आप अपना अगर कार्ड डेबिट कार्ड उसमें एंटर कर देते हैं तो आपको डेबिट कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है आप कहीं भी मोबाइल टच करेंगे पी वी एस तो आप पेमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा पब्जी खेलते हैं आप ए खेलते हैं फॉर्टनाइट खेलते हैं तो आपके लिए यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सकता है बिकॉज आप अल्ट्रा एच मोड में खेल सकते हैं बारह जी बी रैम है सफ़ीशियंट है और इसके अलावा कैमरा क्वालिटी सुपर गुड आपके पास वीडियो पोर्ट्रेट मोड्स हैं चाहे वो फ्रंट कैमरे के लिए हो और चाहे वो बैक कैमरे के लिए हो और जो न्यू एप्पल में फीचर्स दिखाया गया है कि एक बंदे ने देखा और फिर उसकी वीडियो बंद हो गई तो वो चीज़ भी आपको इसमें देखने को मिलेगी वीडियो पोर्ट्रेट के अंदर अब शुरुआत भली हो चुकी है मैंने आपको काफ़ी कुछ अच्छा बता दिया इस फ़ोन के बारे में और अब शुरुआत करने जा रहे हैं फोन के बजाने की और इस वीडियो के बाद अब इससे आएगा जो कंटेंट है वो आप देखकर समझ जाएंगे कि आपको इस वीडियो को परचेज सॉरी वीडियो को सारी है आपको इस फोन को परचेज करना है या नहीं करना है क्योंकि नहाय ही घटिया बकवास यूजर इंटरफेस और उससे बेकार इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस है बहुत शॉर्ट हो गया चलिए मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि कमियाँ क्या क्या है इस फोन के अंदर और उससे आप डिसाइड कर लीजिएगा कि अमेज़ॉन के फेस्टिवल में जो सेल का फेस्टिवल आ रहा है इसमें आपको फ़ोन परचेज़ करना है या नहीं करना है मेरे को चपत लगी है पंद्रह हज़ार की क्योंकि मैंने पैंतालीस में खरीद इस फ़ोन को मैंने 30 में बेच दिया है और अब आप देख लीजिए कि आपको खरीद के कितने महीने बेचना है मैं दो महीने यूज़ किया इस फ़ोन को और शुरुआत में कुछ अपनी कमियाँ थी और शुरुआत में कुछ कमियों के बाद भी मैंने दो महीने झेला क्या पता कुछ सुधर जाए क्या पता कुछ अपडेट्स आ जाएँ बट कहीं कोई अपडेट नहीं है कुछ नहीं है तो अब मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको सिक्योरिटी अपडेट्स फ़ोन को मैंने परचेज़ किया जुलाई के महीने में जिसके बाद से मेरे को एक बार भी सिक्योरिटी अपडेट देखने को नहीं मिली है फोन उसी पुरानी सिक्योरिटी अपडेट पे मूव करने में लगा हुआ है इट्स लाइक like टिपिकल बन तो सर वीवो फोन जो यूज फोन बनाते हैं और आपको कोई अपडेट्स नहीं मिलती है मंथली पीरियड पर अगर आपके पास है यूजर इंटरफेस के लिए नहीं हो तो कब से सिक्योरिटी अपडेट तो आपको देनी चाहिए सो दे आर नो सिक्योरिटी अपडेट्स फॉर दिस वन प्लस लाइन डिवाइस आगे का क्या होता पता नहीं बट महीने में और जो प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम नंबर एक सिक्योरिटी अपडेट्स के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं आता प्रॉब्लम नंबर टू सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है वो है डिस्प्ले की कई बार आपका यूज़र इंटरफेस ड्रॉप कर जाता है और आपको फोन शटल करना पड़ता है दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर अभी रिसेंटली चार पहले भी हुआ था और उससे पहले फर्स्ट मंथ में भी हुआ था कि फ़ोन अचानक से लॉक हो गया अब अनलॉक हो रहा है मगर तो डिस्प्ले में आपको कुछ ही नहीं रहा। फिंगरप्रिंट लगा रहा हो फिंगरप्रिंट प्रिंट दिख रहा है अनलॉक हो, है, हो गया है फिर बार लॉरूर डिस्प्ले एकदम ब्लैंक आ जाती है और उसके बाद जस्ट ये छोटा सा कटआउट मैंने लगा हुआ है आप वो देख लीजिए पहले है पता नहीं क्या ऐशू है ये एंड डिस्प्ले है इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये गायब हो जाती है अब यहाँ इसको अनलॉक करने के बाद मुझे स्क्रीन बिल्कुल डल दिख रही है ब्लैक दिख रही है बटन डल आ फिर लॉक हो गया फिर ये आ गया और डिस्प्ले भी नहीं आ रही है और ये इशू सिर्फ यही नहीं है बहुत चीज़ें और भी दिक्कतें देखिए वन प्लस नहीं आ रहा है अब अच्छा किया जाए इसका लॉक कर दिया आया था डिस्प्ले अब ये या आ गया। इतना डिस्प्ले दिख रहा है अब मैं इसको अगर अनलॉक कर दिया अनलॉक करने के बाद इसको कुछ दिख नहीं रहा कॉल भी आया था मिस हो रहा है कुछ कहाँ जा रही है क्या हो रहा है कुछ नहीं दिख रहा है चलिए फिर लॉक हो गया है फिर लॉक कर दिया तो जैसा कि आपने देख लिया इस वीडियो को मतलब बहुत कोशिश करी बहुत उंगलियाँ चलाई लेकिन उसके बाद भी मेरे को फ़ोन अनलॉक करने को नहीं मिला लास्ट सॉल्यूशन क्या था इसका कि मैंने चार्जिंग प्लगिंग किया ट्वेंटी बैटरी होने के बाद भी और तब जाके इसकी डिस्प्ले वॉपअप हुई कि हाँ फ़ोन ज़िंदा है दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर टू और जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है छोटी मोटी प्रॉब्लम ये अगर आपके दो महीने के अंदर आ जाता है तीसरा नेवर बाय एनी फ़ोन फ्राम अमेज़न बिकॉज की पॉलिसी में बहुत चेंज आ गया है और अगर आप कोई भी ऐसा हाई एंड फ़ोन परचेज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा रिप्लेसमेंट लगेगा और आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा ये साले अपने पहले रिश्तेदारों को भेजेंगे बोलेंगे हम आपका फ़ोन देखेंगे तो और आपके फ़ोन में कोई कमी है या नहीं है और हमारा जो एजेंट है वो ऑन द स्पॉट उसको तो ठीक करने की सोचेगा और ऑन द स्पॉट अगर उसमें कुछ कमियाँ लगती हैं तो ठीक है और वरना घर की मर्मी दाल बराबर फिर जो आपने फ़ोन परचेस कर रही आप झेलते रहिए ना तो आपको उसका रिप्लेसमेंट मिलने वाला है और एक्सचेंज की तरफ बात ही मत करें फिर आपको सीधा सर्विस सेंटर लेकर जाना पड़ेगा इन फ्यूचर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो तीन दिक्कत बताती हैं मैंने आपको और चौथी दिक्कत मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जो आती है सबसे बड़ी वो है आपको लगेगा कि बारह जी बी रैम लेने के बाद भी ना हालांकि चार जी बी रैम का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ इतनी बढ़िया डिस्प्ले इतनी सारी चीज़ें और मतलब वाट्सएप की दो दो के की कुछ फ़ोटोज़ थी मेरे पास कुछ तीन सौ फ़ोटो थी पचास फ़ोटो डिलीट करने के लिए भी तीन मिनट लगाते हैं आप सोचो दो अगर मैं इंटू फिफ्टी कर दूँगा तो भी वो सौ पे भी बनता है मतलब एक एम से भी कम को तो अगर मैं डिलीट करता हूँ तो वो प्रोसेसिंग दिखाता है वन परसेंट टू परसेंट थ्री परसेंट फोर परसेंट फाइव परसेंट मैं जिससे जल्दी तो मेरा नो किया दो सौ बीस डिलीट करते सारी फोटोस दिखाई भी कि आपने कुछ डिलीट किया भाई ये भाई साहब मुझे दिखा रहे हैं कि वन परसेंट हो गया तो वो जो प्रोसेसिंग है यूज़र इंटरफेस के अंदर की इन टर्म्स ऑफ डिटिंग एसेसरीज एंड ऑल दो थिंग्स बहुत बहुत पुअर है और रैम यूटिलाइजेशन बहुत बर्बाद है इसका अगर हम इधर इंटरफेस में और बाकी यूज़र परफॉर्मेंस के बारे में बात करें एंड टू स्कोर मैंने चेक नहीं किया ऐसा कभी भी मुझे लगा नहीं था कि मुझे कभी यूज़ करना पड़ेगा और आज ये वीडियो बना रहा हूँ ना वो फोन बेचने के बाद ताकि मेरे आगे जो भाई लोग बैठे हैं मैं उनको बता सकूँ कि भाई नाइन आर तो मती लेना चाहे साल कितना सस्ता क्यों ना मिल रहा हो समझ रहे हो दो महीने में पंद्रह हज़ार नुकसान उठा के बैठा हुआ तो कुछ तो जनवन बात होगी और चौथा इशू ये हो गया और मतलब रीस्टार्ट स्टार्ट का ऐसे आपने देखा होगा तो ना गेम्स पे रीप्ले का बटन आता है मरने के बाद रीप्ले छोटा सा एरो आपको हर चीज़ में दिखेगा व्हाट्सएप खोल रहे तो उसमें एयर बना हुआ आ जाएगा इंस्टाग्राम खोल रहे हैं तो आ जाएगा प्ले स्टोर खोल रहे हैं तो आ जाएगा अरे मतलब लगता ही नहीं कि के है कि सारा बारह जी बी रेम इसके अंदर चार जी बी रैम देखे भेज दिए फोटो लीट करने के नाम पर अटका पड़ा है वीडियो देने नाम पर अटका पड़ा है बस कैमरा क्वालिटी दे दिए अगर कैमरा क्वालिटी देनी है तो भैया मैं बता रहा हूँ आपको डेढ़ लाख तीस हज़ार ज़्यादा खुश होगी और सैमसंग दो से कॉल करता है ना आप तो ये वो मेजर दिक्कतें हैं और पांचवी इसमें एक और दिक्कत थी जो बैटरी की अब चार्ज तो बहुत फास्ट हो रहा था इतना तेज़ फास्ट चार्ज करता है कि भाई साहब फ़ोन में एकदम आग लग जाती है ऐसे मान लो कि अगर छूट गया तो उसके ऊपर तबेल रोटी दिख सकती है इतना ख़तरनाक चार्जिंग सिस्टम है इसका फ़ास्ट वाला अब डेढ़ महीने के बाद मैं बताता हूँ आपको उसमें क्या हुआ है सौ फुल चार्ज कोई बैकग्राउंड एक्टिविटी नहीं आपको फोन दिखाना शुरू कर देगा योर फोन इज हैविंग हैवी बैटरी यूजेज प्लीज डॉप डाउन उस पर क्लिक करेंगे अंदर कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है कि साली कौन सी ऐप जो है उसकी बैटरी खा रही है मैं नहीं खा रहा फोन कौन सी ऐप खा रही है वो भी आपको नहीं बताने वाला बस नोटिफिकेशन आ जाएगा अनयूज बैटरी कंज्शन के नाम का आप उस पर टैप करो आपको क्वेश्चन लिखने वाला बैटरी बैकअप रस्टिकली डाउन हो गया था इसका दिन बढ़ेगा हाफ मंथ मतलब सौ चार्ज किया मैंने सुबह नौ बजे ऑफिस में निकला ऑफिस पहुँचा ढाई साल तो पचासी आ गया था भाई व्हाट्सएप है हर फ़ोन में चलता है मैसेजेस हर फोन में आते हैं डेट मेरा हमेशा हर फोन में हो रहा है तो मुझे और तो भी इसको मैं दिक्कत नहीं हुई और ऐसे फिर ये अगर जेनुअन है तो वेरी फास्ट जैसे क्यों नहीं हुआ ये चीज़ डेढ़ महीने के बाद से क्यों आनी शुरू हुई सो so, यही है आपका वन प्लस नाइन और मैंने आपको अपने पास से बहुत ही जेनुअन सोलूशन दे दिए हैं सोल्यूशन अगर हम सोलूशन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको नहीं दिया मैंने आपको पाँच कॉलम बता दिए हैं इसके अंदर सिक्योरिटी अपडेट्स या अपडेट्स के नाम में घंटा कुछ नहीं मिलता और बैटरी बैकअप बहुत पोर हो चुका है और डिस्प्ले इश्यूज बहुत तगड़े हैं तगड़ेगी ब्लैकआउट हो जाएगा आपको ऐसा लगेगा कि आपका फ़ोन मर चुका है पांचवा आप वीडियो डे देख लो कि मैंने क्या बताया होगा मुझे याद नहीं है एंड फाइनली परफॉर्मेंस इज़ ओके ओके यूजर इंटरफ़ेस बहुत बेकार है पता नहीं है क्या करेंगे तो प्रॉब्लम्स पाँच हैं सोल्यूशन सिर्फ एक है जो मैंने ट्राई किया है बेच दो सोचो ही मत उसको रखने की अपने पास जितनी जल्दी हो सके फ़ोन को बेच के दूसरा कोई फ़ोन ले लो और अगर सजेशन नहीं है तो अपना बजट बताओ फोन आपको मैं सजेस्ट करूंगा एंड बिलीव मी आपको मैं रिगेट नहीं, नहीं करोगे कि आपने कोई गलत फ़ोन चूज़ किया है एक बार गलती होती है मैं एक्चुअली वन प्लस के ब्रांड के साथ चला गया था बहुत ही पहला एक्सपीरियंस था मेरा वन प्लस के साथ बट इसके आगे मैं नहीं करने वाला हूँ वन प्लस को बिल्कुल भी यूज और मैं सेशन आपको ही देता हूँ अगर आप नाइन लेने वाले हैं ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में मैं की तो मत लीजिएगा सेकंड हैंड ही मत लीजिएगा फर्स्ट हैंड ही मत लीजिएगा अल्टीमेटली लेना ही मत और इस वीडियो को देखने के बाद जिसके पास अभी भी वन प्लस नाइन आ रहा है वो नहीं बेचा तो वो भी छू दिया है और आप अगर खरीदने सोच रहे हैं तो आपसे बड़ा होगी बेवकूफ़ नहीं है अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो, तो भाई कुछ भी खरीद लो हमें कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो इस वीडियो के साथ मैं आपको यहीं पर विदा लेता हूँ और फाइनली बारह जी बी रैम दो छप्पन जी बी रैम कैमरा अड़तालीस मेगा पिक्सल का मिलता है इसके अंदर दो लाइट सेंसर है एम्बेड सेंसर है और एक फाइनली एक दिक्कत और कि जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस है वो इतनी डिले होती है कि यू कैन फील कि हाँ आप लाइट में आए तो धीरे धीरे ग्लो कर रही है धीरे धीरे डाउन हो रही है गेम खेलते हुए आपका हाथ अगर सेंसर के पास आ गया तो पब्जी खेल रहे हैं सेंसर के पास ड्रॉप डाउन रहती है तो आपको क्या करना होगा अगर आप गेम भी खेल रहे हैं इसके अंदर तो आपको पहले ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को इसके अंदर ऑफ करना पड़ेगा और ऑफ़ करने के बाद अगर आप गेम खेलेंगे तो आपकी जो लाइट है वो कंसिस्टेंट रहने वाली अदरवाइज नहीं रहने वाली तो भाई इसके बाद को तो मुझे लगता है कि आपको वन प्लस के बारे में सोचना चाहिए और अगर आप कोई और फ़ोन यूज़ करने वाले हैं तो मैं पूर्व में जाता रहता हूँ बहुत सारे फ़ोन देखते रहता हूँ तो अगर आपको कोई यूज़र इंटरफेस के बारे में जानना है या कोई स्पेसिफिक चीज़ जाननी है आप मुझे बताओ और उसके बाद एक बढ़िया फ़ोन खरीदो जिसको खरीदने जरूरत नहीं है और फाइनली फाइनलीवर्ट्स दी एंड ऑफ वीडियो मैं आपको बताता हूँ कि मैं आप लोगों को सजेशन मांगता हूँ मेरे इस व्यूट्यूब चैनल के लिए अगर कोई नया नाम है रिव्यूज़ के नाम से और कुछ भी देना, देना चाहते हैं और दिसंबर 31 को मैं पाँच सौ रुपये का गिफ्ट ऑश्चर डिक्लेयर कर दूँगा एंड विथ दैट जो नाम सेलेक्ट होगा उसको पाँच का पेटीएम गिफ्ट ऑर्चर मिल जाएगा आप उसको कोई भी परचेज कर सकते हैं चाहे यू कर देंगे कुछ भी कर देंगे सर्ट्रेड परसेंट को एंड डट विल बी एंड ऑनर फॉरम माई साइट नो रिटर्न गिफ्ट और उसके बाद बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे प्यार बना मिला वीडियो ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी को भी मेरे अनुसार ना उठाना पड़े शुक्रिया थैंक यू बाय बाय सी यू सून विद मोर वीडियोस अग आफ्टर दिस टेक केयर बाय बाय